तो हमारे जितना भी युवा भाई हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ तो ये अग्निवीर की तरफ से यहाँ पे एक अपडेट आ गई है जो कि यहाँ पे लिखित परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है तो यहाँ पे जनवरी को डेट निकल गई है तो आप लोगों कौन सी डेट से आपको यहाँ पे लिखित एग्ज़ाम देनी है तो आपको अगर अभी तक रनिंग क्वालिफाई हो गया है फिजिकली यहाँ पर आपका क्वालिफाई हो गया है जहाँ पर यहाँ पर साढ़े के करीब में काफ़ी युवा भाई हमारे जो रनिंग में क्वालिफाई किए थे बट यहाँ पर शारीरिकी दस्ता जो टेस्ट वहाँ पे चेक हुआ था जिसके दौरान अब तीन हज़ार मात्र में स्टूडेंट यहाँ पे लिखित परीक्षा एग्जाम देंगे तो लिखित परीक्षा एग्जाम देने के बाद वहाँ पे उनका ट्रेनिंग के लिए पच्चीस के लिए भेज दिया जाएगा तो यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को सारी जानकारी बताते हैं कि कौन सी डेट पड़ी है जनवरी में और जनवरी से किस तारीख से यहाँ पर लिखित परीक्षा जो स्टार्ट होने वाली है कहाँ पर एग्ज़ाम होगा अगर बिहार से आप देख रहे हैं तो वीडियो के अंतर जरूर देखें और आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सारी जानकारी आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताते हैं हेलो एवरी मैं हूं धीरज और अभी आप देख रहे हैं पिंग एन यूट्यूब चैनल तो सबसे पहले आप लोगों को सब सभी लोगों को सॉरी यहां पे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि यहां पे वीडियो बहुत ही लेट है यहाँ लगभग चार पाँच दिन के बाद वीडियो इस चैनल पे आ रही है किसी कारणवश वैसे थोड़ा सा विजी होने के कारण से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था तो इसके लिए बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होने वाली है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बताते चलो तो स्टार्ट करता हूँ तो अग्निवीर चक्कर मैदानों में जो होने वाली है यहाँ पर लिखित मैदानों में होगी और तीन युवाओं शामिल होंगे आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूँ कि जो तो आप जो रनिंग मुजफ्फरपुर से किए थे तो से से बताऊंगा तो, तो आपका जो लिखित एग्जाम होने वाली चक्कर मैदान में ही होगा और इसमें लगभग जो एक चीज बताया जा रहा है की लगभग यहाँ पे जो चक्र मैदान में जो रनिंग हुआ था सात हजार तीन सौ छियानवे अभ्यार्थी जो हमारे जो युवा भाई है क्वालिफाई कर लिए थे रनिंग में लेकिन यहाँ पे शारीरिक जो दस्ता उसमें जो चेकिंग करने के दस्ता के दौरान मेडिकल जांच में यहाँ पे सभी लोगों को छाटते हुए तीन हजार मात्र जो युवा हमारे बच गए हैं तो युवा भाई आप तीन हजार काफी लकी है क्योंकि आपके शारीरिक दस्ता के बाद आप तीन हजार में से शामिल है तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखें वीडियो अच्छा लगेगा थोड़ा तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि एक लाइक हमारे लिए काफी मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो लेके आते रहो तो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो यहाँ पे सबसे पहले कि नए साल में जो 2023 में जो होने वाली चक्र मैदानों के वाली की बहाली की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया होगी यानी कि सरित दस्ता दस्तक मेडिकल और जांच की सफल विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा अग्निवीर को गुजारना होगा आपको यहाँ पे लिखित एग्जाम लास्ट में देना होगा तभी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा इसमें मुजफ्फरपुर की सेना भर्ती बोर्ड के अधीन जो आपका जो जिला शामिल होने वाला है मुजफ्फरपुर बेतियाँ जो आपको मुतिहारी रहेगा सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा समस्तीपुर और मधुबनी जिला तीन हज़ार युवाओं शामिल होंगे ये सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के यहाँ पे लगभग तीन हज़ार युवाओं शामिल होंगे जिसमें की तैयारी को एआरओ मुजफ्फरपुर में जुट गई है और इसका जो एग्जाम होने वाला है आपको कुर्सी टेबल के पर बैठा के लिए एग्जाम लिया जाएगा भले पहले जो मैदान में यहाँ पर बैठ के। बैठा के नीचे बैठा के एग्जाम लिया जाता था लेकिन अब आपको कुर्सी टेबल भी यहां पे दिया जाएगा अभ्यार्थियों को एडमिट कार्ड भेज दिया गया है यहां पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भेज दिया गया है तो आप सबसे पहले अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा ईमेल पर आपका आर्मी की तरफ से यहाँ पर एडमिट कार्ड आ गया होगा नहीं होगा तो आप अपने लॉग और पासपोर्ट से अपना यूजर आई और लॉग करके वहाँ पर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अर्थ में 2023 हजार की जो होगी अग्निवीर जो दस्ता को और मेडिकल की जांच की प्रक्रिया चयनित तो अभ्यर्थी को 15 जनवरी से 15 जनवरी से 2023 में यहां पे चक्कर मैदान कॉमन जो यहां पे बता ने सीई यानी कि करीब 3000 अभ्यर्थी जो शामिल होंगे इसमें कि जो करीब बहाली की प्रक्रिया 2023 तक पूरी कर अग्निवीर को प्रशिक्षण के लिए यहां पर भेज दिया जाएगा यानी कि मार्च तक ही इन लोगों को 2023 में मार्च तक की सभी बच्चे को एग्जाम और सारा कुछ चेक करने के बाद यहां पर मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और मार्च के बाद यहां पर आप लोगों को सभी को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा तो यहाँ पे में पर चक्कर मैदान की जो बोर्ड है अधीन मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी में तेरह से सत्रह नवंबर के बीच अग्निवीर टेक्निकल कलर के एसकेटी ट्रेड टी ट्रेडमे जनरल ड्यूटी और श्रेणी में बहाली प्रक्रिया शारीरिक दस्ता की जांच में सात हज़ार तीन सौ छियानवे सफल हुए थे जबकि जो शैक्षणिक आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र के जांच में करीब दो हज़ार तीन सौ चालीस दो हज़ार तीन सौ चालीस अभ्यर्थी छठ गए हैं तीन हज़ार अभ्यर्थी मेडिकल जाँच में सफल हुए हैं पे जाँच करते हुए थे तेईस सौ यहाँ पे अभ्यार्थी को छटा उनको बाहर निकाल दिया गया है मात्रम तीन हजार यहाँ पे स्टूडेंट बचे हुए हैं जो कि यहाँ पे लिखित एग्जाम देंगे तो आप इसमें से अगर हैं तो आप काफी लकी है और आपके लिए वेस्ट ऑफ लॉक और आपको यहां पर जानकारी के लिए और भी बता दूं कि आगे अपडेट आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेट करता है ताकि आपके लिए ऐसे अपडेट आप लोग के लिए वीडियो पर डालते रहूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए जय हिंद जय भारत